de aye mai to niye mai jo kya na madi aao ne kya na madi aye mai jo niye mai jo kya na madi aao ne ni ni madi sat ko jaan endo e no मा अपना ध्यान कों टोले मा अपना कई को मरण का न मारे कौन उनको बुझू बन कमुट अल तो